हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत से होंगे जापान का वो स्टूडेंट जो मास्टर या पी एच डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा तरीकाकार बताऊँ की आपने फॉर्म फिलिंग किस तरह करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप जो है मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बैचलर बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो उसके ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका आप यहां से देख सकते हैं और इस आ, वेबसाइट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये वीडियो देख पाएंगे और उसके साथ साथ जो है चैनल आप सर्च कर लेंगे यहाँ पे नई मेबाल मैथ स्कॉलरशिप सर्च कर लेंगे तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं तो आज के जो वीडियो का जैसे टाइटल है कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे अगर आप मास्टर पीएचडी की लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं नए है और आप जो है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि इसी तरह स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त मिल सके और उसके साथ साथ इस वीडियो की भी लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो सबसे पहले जो है मैक्स स्कॉलरशिप क्या है उसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि क्या चीज है तो आप वहां से देख सकते हैं बेसिकली जो है ये जापान का स्कॉलरशिप है बहुत से स्टूडेंट जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि ये स्कॉलरशिप में जो है आई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए इस स्कॉलरशिप की स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया ये है कि आपकी कंट्री में जो है इनकी जापान की जो एम्बेसी है उसके थ्रू आपने इसके लिए अप्लाई करना है और आप का जो मतलब इनकी जो लिस्ट है ठीक है तो उसमें आप शामिल होनी चाहिए आप अपने एम्बेसी मतलब जो भी आपकी एम्बेसी है ठीक है जापान की तो आप वहां से रुझू कर सकते हैं वहां से आप पता कर सकते हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा मेथड आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तरीकाकार फॉर्म फिलिंग का तरीका यही है और सेकेंड uh, बात यह है कि इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता आपने फॉर्म फिल करना होता है और बाय जो है आपने अपनी कंट्री में जो जापान की एम्बेसी होती है वहां पर आपने सबमिट करना होता है तो अगर आप मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो एज है वो इस डेट में होनी चाहिए ठीक है 1989 में आपकी जो है बर्थ होनी चाहिए और सेकेंड अप्रैल या सेकेंड अप्रैल के बाद आपकी बर्थ होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर वगैरह की होनी चाहिए ठीक है या फ़र्ज करें आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो, जो बीएस है जो बी एस वगैरह या एम ए आपकी की हुई है ठीक है तो उसकी डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर आप पी एच डी या डॉक्ट्रेट कोर्स मतलब पी एच डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री और बाकी सारी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए उसके बाद यह है कि एप्लीकेंट जो भी कैंडिडेट है उसको जेपनीज सीखनी होगी बकायदा उनको सिखाई जाएगी जब आप इसमें एडमिशन लेंगे स्कॉलरशिप में और आपने सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने फिजिशियन मतलब डॉक्टर से जो है टेस्टेड होना चाहिए आपने जो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपने बना लेना चाहिए आपको अगर वो नहीं पता तो मैं आपको बता दूं आप ये वाली वीडियो देखेंगे इसकी वीडियो में जो मैंने लिंक शेयर किया है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ये वीडियो आपने लाजमी देखने क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपकी स्कॉलरशिप के लिए काम आने वाली है तो आप इस वीडियो के भी लाज देखिएगा इसका भी तकरीबन सेम ही है तो वो है वन फोर्टी थ्री थाउजेंड एन ये जैपनीज करेंसी है तो उसके मुताबिक आपको दिया जाएगा अगर आप नॉन रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको वन हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड जो है आपको पर मंथ जो, आ, न, जो है वो आपको मिलेगी ठीक है मास्टर और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जैसे कि पीएचडी अगर आप कर रहे हैं ये दोनों जो है ये वाले ये मैं आपको हाईलाइट कर दे तो ये ये मास्टर के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करे उनको इतनी अमाउंट मिलेगी और जो पी के लिए अप्लाई करें उनके लिए ये है ठीक है और कोर्सेज के हवाले से जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ इस वीडियो में कि कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है पूरी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है अच्छा जी fees for the examination, matriculation, tuition uh, at university will be covered by MAKST. तो ये जो का scholarship है, ये जो का है आपकी जितनी भी एक्सपेंसिस होंगे यूनिवर्सिटीज के ट्यूशन फीस एग्जाम वगैरह वो सारे के सारे जो है इसी के स्कॉलरशिप में कवर होंगे Uh, transportation expenses to, to, and from Japan will be provided ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस आपको जापान जाने के लिए और वहां से अपनी कंट्री आने के लिए भी बाकायदा जो है जो एयर टिकट है वो भी आपको दिया जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं आपको बता दू सबसे पहले मार्कशीट फॉर्म है ये पहली वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ किस तरह होगा ठीक है तो ये इसके पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ कुछ इस तरह का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो इसको आपने ये फिल करना है एम फिल की डिटेल आपने लिखनी है देखिए कॉलेज वगैरह यहाँ पे लिख लेना है ठीक है जब आपने जिस ईयर में मतलब फर्ज करें आपको कोई मतलब मेरा मेरी जो यूनिवर्सिटी है कुहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसके साथ साथ जो है आ, मतलब फर्ज करें मैं ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी में से एम या एमएस करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख लेना है यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ़ ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए कितने मार्क्स तो आपने जीपीए लिखनी है या मार्क्स वो आपकी मर्जी है तो आपने उसके मुताबिक लिख लेना और परसेंटेज यहाँ पे लिख लेना इस तरह सारे जितनी भी मार्क्स और बैचलर इंटरमीडिएट मैट्रिक या फिर अदर कोई आपके पास कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें एड कर सकते हैं ठीक है तो इसकी तो आपको समझ आ गई होगी ओके उसके बाद जो है आ जाते हैं नेक्स्ट अच्छा जी ये हमारे पास आगे फॉर्म अब मैं फॉर्म आपको जो है लास्ट में बताने वाली हूँ किस तरह आपने फिल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ ठीक है रिसर्च प्लान इसके पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि रिसर्च प्लान क्या है सबसे पहले जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जिसे आप कहते हैं या रिसर्च प्रोपोजल जिसे आप कहते हैं ठीक है तो आपको वो बनाना होगा ताकि उनको पता चले कि मतलब ये किस टाइप की रिसर्च करने वाले यहाँ पे मास्टर और पी में जो रिसर्च होती है तो आपने यहाँ पे बताना हुआ तो इस यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा रिसर्च प्रपोजल लिखा किस तरह जाता है तो मैंने इसमें डिटेल से वीडियो बनाई है आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद जो कि बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए आप किस तरह जो है डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की जितनी भी आपकी अकेडेमिक है ठीक है तो इस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉमर्सिटीड अब सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन आपको मिलनी चाहिए मतलब डिग्री सर्टिफिकेट ये आप अपने इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं आप उनको ये बता देंगे कि मुझे चाहिए सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन तो आपको मिल जाएगी ठीक है ये है डिग्री सर्टिफिकेट सिंपल अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपके आपके पास डिग्री होनी चाहिए अब दूसरी बात जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है बहुत ही आ, काफी इम्पोर्टेंट होता है ठीक है तो ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ आप इसको देख सकते हैं Abstract of thesis अगर आप लिख लें तो सही है अगर नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है रिकमेंडेशन लेटर इसके डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ ठीक है तो ये फिर वहां से डायरेक्टली जो है मतलब डाउनलोड हो जाता है ये देखिए यहाँ पे आ गया ठीक है तो ये आपने जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ये recommendation letter के से भी मैं पिछली वीडियो में आपके लिए नहीं आएंगे याद रखें। ऐसा ना हो कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही भेजो आपने ऐसा नहीं करना अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो सेंड करनी है उनको एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल्ड आपने जो स्टेपल नहीं करना असम्बल ओनली विदेपर क्लिप पेपर क्लिप मिलता है उसके थ्रू आपने इसको अटैच करना है एंड प्रिंटेड ऑन ए फोर साइज पेपर और आपने जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो ए फोर साइज पेपर पे होनी चाहिए ठीक है अब ए साइज पेपर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं प्रिंटर जहाँ पे आपको प्रिंट कर, uh, कराए जाते हैं ठीक है थीके? तो उनको कह देंगे कि ए साइज पेपर पे हमारे लिए प्रिंट कर दें तो आपके लिए कर देंगे क्योंकि इसमें मुख्तलि uh, के पेपर अलग होते हैं ए फाइव साइज के अलग होते हैं ठीक है थीके? तो ये सारे अलग अलग तो आपने इसका ख्याल रखना है सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अदर देन दो नॉट बी कंसिडर अब जो आपसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट मांगे उसके अलावा कुछ भी आपने सबमिट नहीं करना अब किस तरह अप्लाई करना है ये तो मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है अगर आप किसी मतलब आ, हमारे पाकिस्तान में जो है कराची और इस्लामाबाद दो सिटी है ठीक है अगर आप इस्लामाबाद सिटी के नज़दीक हैं तो आप इस्लामाबाद की तरफ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें अगर आप कराची के साथ नजदीक है तो आप कराची के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं ठीक है थीके? इनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ये सारे मौजूद हैं। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ठीक है ये देखिये मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर का यहाँ पे ईमेल भी आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं राता कर सकते हैं डेडलाइन जो है वो इसकी है थर्टी मई 2023 है आप यहाँ से आ, मतलब लास्ट डेट के मुताबिक जो आपने अप्लाई करना है मजे की बात यह है कि आप जो है लास्ट डेट तक जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं मतलब अभी काफी टाइम है ये तकरीबन तो जो वन वीक में आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और आप इसके लिए डॉक्यूमेंट सेंड कर पाएंगे ठीक है तो ये आपने जो है मतलब ये अः जो इसका जो एड्रेस है आपने इसको नोट कर लेना है ये देखिए मैंने इसको जो है बोल्ड किया हुआ ये आपने जो है एनिवेलप के ऊपर लिखना है जहाँ पे सेंड करना ठीक है अगर आप जो है मतलब इस्लामाबाद सेंड करना चाहते हैं तो ये वाला एड्रेस लिखेंगे अगर आप कराची में भेजना चाहते हैं तो ये वाला एड्रेस आपने लिखना है ओके इसकी आपको समझ आ गई है अगर आप जो है फिर भी आ, मतलब आपको ये लिंक जो है मतलब ये वेबसाइट के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई इश्यू की बात नहीं है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको फिर भी मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब में लिंक नहीं मिलता तो इसको यहाँ से जो है कैप्चर कर लें स्क्रीनशॉट uh, ले लें और उसके बाद भी जो है आप इसके लिए मतलब खुद ही बाय हैंड जो है लिखेंगे ठीक है अब आ जाते हैं हमारे जो है मतलब एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता दूं ये आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं ठीक है थीके? ये एप्लीकेशन है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए पिछली वीडियो में जो बता चुका हूँ वो है अंडर ग्रेजुएट मैं फिर से बता रहा हूं वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो काइंडली जो पिछली वीडियो देखिएगा और अप्लाई कीजिएगा जल्द अज जल्द ठीक है तो सबसे पहले जो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी इंस्ट्रक्शन टाइप और राइट नीटली बाई हेड इन ब्लॉक्स लेटर का क्या मतलब है कि आपने कैपिटल में सब कुछ लिखना है आपने आ, मतलब छोटी वी सी डी में आपने कुछ भी नहीं लिखना ठीक है थीके? मैं सिंपल अगर आपको बताना चाहूँ यूज अरेबिकल्स ठीक है आपने जो है कहते हैं आ, अरेबिक की जो नंबर्स होते हैं वो आपने ठीक है यूज़ राइट ईयर्स इन वेस्टर्न कैलेंडर हमारा जो कैलेंडर मतलब जो चल रहा है उसके कैलेंडर के मुताबिक आपने जो है ईयर्स वगैरह लिखने हैं राइट प्रॉपर नाउंस इन फुल विदाउट एब्रीविएशन आपने जो भी नाम है वो विदाउट एब्रीवियशन मतलब फर्स्ट करें लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैक्स ठीक है मैक्स अब किसी स्कॉलरशिप के एब्रीवियशन है तो आपने वो जो है पूरा लिखना है. ठीक है ऐसे नहीं कि शॉर्ट फॉर्म आपने लिख लिया फर्ज करें मेरी कोहार्ट यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है तो मैं कष्ट नहीं ले सकता ठीक है तो आपने जो कोहार्ट यूनिवर्सिटी इस तरह जैसे मैं लिखूंगा कोहार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तो आपने उसी तरह लिखना है अब जेंडर आपने सेलेक्ट करना है बाकी सारी बहुत सारी चीजें सिंपल है उसके बाद जेपनेस नेशनल है कि नहीं है ठीक है अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर यस है तो यस के ऊपर करें अगर नो है ठीक no है तो इस तरह आपने कर दिया अब नो no पे कर दी तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है सारा जो है जेपनीज और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है आपने यहाँ पे लिखना है ठीक है इफ यू आर करंट रिजाइड इन जापान वट इज यूर करंट वीज स्टेटस तो आप जाहिर सी बात है आप जो है मतलब जापान में नहीं रहते होंगे तो आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है ऐसे ठीक है मैं आपकी लिख लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल अगर आप जो है ये नहीं लिख सकते तो नि लिख लें ठीक है तो उसके साथ साथ जो है यूर एड्रेस ठीक है सेम एज अबाउ अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसके पर ये क्लिक कर देंगे ठीक है या इसको चेक कर देंगे ठीक है अगर आपने प्रिंट किया हुआ है डिपार्चर ऑफ जापान वगैरह ये आपने सारे लिख लेना है अगर किया है तो नहीं है तो छोड़ने उसके साथ साथ जो ये देखें मतलब वो नहीं करना अब ये कह रहा है यूर एड्रेस डिपार्चर फॉर जापान आप जब जापान जाने से पहले किस सिटी में रहते थे ठीक है अब जिस सिटी में आप रहते थे ठीक है तो आपने सबसे पहले दबाव करो ठीक है तो आपने यहाँ पे ये ही लिख लेना है ठीक है तो ये भी आप लिख सकते हैं ठीक है या ये वाला सिलेक्ट करें तो आपकी मर्जी है अब तो मेट सिटी नेम आपने यहाँ पे सिटी लाजमी लिखना है ठीक है पिशावर लिखना है जो भी लिखना है उसके बाद कंट्री आपने यहाँ पे लिख लेना है पाकिस्तान ठीक है अगर आप इंडिया से बांग्लादेश से हैं तो आपने अपने कंट्री के मुताबिक आपने लिख लेना है और उसके साथ साथ जो है निशा आ जाएंगे बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड यूर होम कंट्री डू यूरस्टैंड एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड अब आपको लगता है नहीं लगती है आपने अपने मुताबिकोम yes, uh, uh, आप जो है डिप्लोमेटिक ऑफिस जहाँ पे है अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये डिप्लोमेटिक ऑफिस का जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्रेस अवेलेबल है ठीक है उसके मुताबिक आपने ये एड्रेस आपने इनको फराम कर लेनी है गॉड इट तो इसकी आपको समझ आ गई होगी अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पे जो है मतलब और भी बहुत सारी चीजें डिप्लोमेटिक ऑफिस का, का तो हो गया उसके बाद आ जाते हैं फोन नंबर अब फोन नंबर आपने किस तरह देना है आपने इस तरह देना है ठीक है नाइन टू थ्री ठीक है मैं लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है इस तरह आपने पूरा नंबर लिखना है ई आपने यहाँ पे लिखना है Have you been awarded ज गवर्नमेंट मैक्सॉलरशिप इन पास आपको कभी ये स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है या पहले आपने कोई स्कॉलरशिप इस तरह का मैक्स का स्कॉलरशिप मिला है ये yes या नो जाहिर सी बार अगर आपको नहीं मिला तो no पे क्लिक कीजिएगा अगर आपको मिला है तो फिर आपने डिटेल देनी होगी ठीक है तो आप no पे क्लिक करेंगे इसको आपने छोड़ देना है प्रोग्राम नंबर आप जो है मतलब आ, कौन सा program जो है आप choose करते हैं रिसर्च स्टूडेंट्स ठीक है तो आप जो है मतलब पूरी उसके मुताबिक आपने सारी चीजें देखनी है फर्स्ट देखें सेकंड स्टूडेंट अभी पिछला जो फॉर्म है उस तरह भी आपने आ, मतलब उसका फिल करना और इसका तकरीबन सेम है ठीक है उसी के मुताबिक आपने सारी चीजें कर लेनी है और उसके साथ साथ इफ यू मार्क वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन प्रोग्राम है वर्क uh, अब आपने जो मार्क किया ठीक है थीके? कहते हैं कि उसके मुताबिक आपने मतलब सेलेक्ट करना है ठीक है अब यहाँ पे ये या नो no कर लेना है इफ फाई yes, अब आप जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह अगर आपने फर्ज करें जो है यस ऊपर कहा कि हाँ मैं पहले ले चुका तो यहाँ पे डिटेल वगैरह दे देनी है ठीक है जी ये हो गया उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़ना है ठीक है ये प्राइमरी एजुकेशन जो जो चीजें इनके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट आए वो सारी चीजें आपने यहाँ से देख लेनी है एलिमेंट्री एजुकेशन एलिमेंट्री किसी कहते हैं एलिमेंट्री बेसिकली जैसे हम कहते हैं आठवीं जमात ठीक है आ, एथ uh, क्लास जो आपने कहा से पढ़ा वो आपने लोअर सेकेंडरी आपने कहा से किया अपर सेकेंडरी कहाँ से किया ठीक है टर्नश्री uh, ठीक है ये अब बहुत से स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब है देखे जूनियर हाई स्कूल ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल अंडर ग्रेजुएट आपने कहा से किया जैसे हम जो है मतलब देखे एक जूनियर हाई स्कूल मतलब मैट्रिक और सिंपल हाई स्कूल जो है जहां से एफ ए आप कर लेते हैं टर्नश्री ठीक है इसके बाद अगर आप बी वगैरह करते हैं सही ग्रेजुएट वगैरह और उसके बाद जो है मतलब टर्ची हायर यूनिवर्सिटी से अगर आपने कुछ किया हुआ है ठीक है या एम फिल वग की आपने के दे देनी है. ओके? आपकी क्या किस चीज में आपने स्पेशलाइजेशन की वो आपने बता देना है आपने पहले कभी लिखे हैं लिखे हैं तो ये करें नहीं लिखे तो नो पिक करें सेट द टाइटल और सब्जेक्ट all uh, books and theses including graduation theses authored by applicant ab agar aapne yes kayi to apuri detail iske mutabik aapne deni hogi theek hai the first course you plan to take in japan आप जो है मतलब जो पहला कोर्स लेंगे वो किस रिलेटेड होगा मास्टर डिग्री प्रोग्राम होगा प्रोफेशनल ग्रेजुएट होगा डॉक्टर प्रोग्राम पीएचडी वाला होगा नॉन रेगुलर ठीक है तो आपने इसके मुताबिक अप्लाई कर लेना है ठीक है तकरीबन बहुत ही मतलब सिंपल और सेम तरीका जैसे प्रीवियस uh, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उसमें भी तकरीबन है आप खुद ही पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से कर लेंगे अब वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ तो आप जो है आपको ऐसी क्या चीजान में पढ़ने पर मजबूर कर रही है तो आपने ये चीजें यहाँ पे बता देनी है देखिये मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए पूरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपने फॉर्म अच्छी तरह फिल कर लेना है ठीक है वाई डू चूज जापान एज एस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन तो आपको क्यों लगता है वो आप अपना जो है मतलब आ, मतलब जो आपका रीजन है वो आपने यहाँ पे आ, स्टेट कर लेना लिख लेना है ओके वट काइंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान इन यूर होम कंट्री थ्रू यूर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी इन जापान अब आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन क्या होंगे जब आप जापान में पढ़ लेंगे आपकी कंट्री के लिए और जापान के लिए आपका मतलब क्या कंट्रीब्यूशन होंगे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे ठीक है और उसके साथ साथ जो है जैपनीज लैंग्वेज अब देखिए लैंग्वेज पे आ गए इंपॉर्टेंट है बहुत से स्टूडेंट को मसला होता है कि वो कहते हैं हमने आई नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए आई की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब आपको जो है फर्ज करें ये देखिये यहाँ पे रीडिंग कितनी आपको आती है यहाँ पे नीचे जो है नंबरिंग दी हुए आप यहाँ पे देख लेंगे ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लास्ट में कहीं पर नंबर बताए हुए थे ठीक है कि एक्सीलेंट है किस तरह है? तो सारे आपने वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं ओके तो ये चीजें आपने यहाँ पे लिखना है उसके बाद जो है फर्स्ट कर ये देखें थ्री टू वन जीरो अब आपने जो इसके बताया गुड है तो टू लिखे ठीक है रीडिंग में किस तरह है एक्सीलेंट है थीके? तो ये थ्री लिखे इस तरह आपने सारी चीज देनी उसके अलावा अगर आपके जैपनीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है तो तो आपने यहाँ पे स्कोर वगैरह चीजें दे देनी है अगर आपने आई वगैरह किया हुआ है ठीक है या टफल किया हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके अलावा कोई आपने कोई लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का किया हुआ तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नहीं है तो कोई इशू की ऐसी बात नहीं है ओके जी आ, आ जाते हैं कंपनिंग डिपेंडेंट्स सही है आपकी किस कितनी आपके पर डिपेंडेंट वगैरह है ठीक है वो आपने यहाँ पे बता दें रिलेशनशिप नाम उनके साथ आपका रिश्ता क्या है फर्ज करें वालिद आप जॉब करते हैं आपके वालदेन या भाई बहन आपके हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज में लिखते हैं अहमद अहमद के बाद मेरा भाई है ठीक है तो आ, ब्रदर लिखेंगे एज लिखेंगे नेशनलिटी पाकिस्तानी है ठीक है इस तरह सारी चीजें आपने लिख ली है उसके बाद जो है इमरजेंसी नंबर आपने लिखने लेट्स सपोज आप फादर का नाम लेते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद रिलेशनशिप फादर है ठीक है और रोजगार क्या करते हैं काम क्या करते हैं ऑकोपेशन की ये मतलब होता है ठीक है करंट एड्रेस आपने लिखना है मतलब मौजूदा पता आप कहाँ पे है उसके साथ नंबर आपने दे नंबर कुछ इस तरह देना अगर आप पाकिस्तानी है तो ठीक है तो आप जो है इस तरह नंबर देंगे और उसके साथ साथ जो है ई आपने यहाँ पे लिख लेना है उनका ये आ, पास विजिट जापान अगर आपका है तो सही है नहीं है तो छोड़ दें ओके ये पूरा कुछ इस तरह का और इसके बारे आपने इसको चेक कर चेक के बाद डेट ऑफ क्या है ठीक है यहाँ पे आपने लिख लेना है डेट उसके मुताबिक आपने ये प्रिंट वगैरह कर लेना है और सारी डॉक्यूमेंट जो जो डिटेल है जो इसमें मैंने आपके साथ शेयर की है सारी आपने देख लेनी है उसके मुताबिक आपने अप्लाई कर लेना है ठीक है जी तो इनशाला इस वीडियो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी हेल्थ सर्टिफिकेट का जो है वो मैं इस वीडियो में बता चुका हूं आपने इस वीडियो को देखना है और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आपने वहां से डाउनलोड करना है उसके बाद आपने उसको आपका जो मेडिकल होता है ठीक है सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ डॉक्टर से आपने मेडिकल कराना है वो आपने सबमिट कराना होगा ठीक है जी तो उसके बाद जो है आपके फॉर्म चले जाएंगे फॉर्म चले जाने के बाद जो है कुछ आ, मतलब स्क्रूटनी होगी आपके फॉर्म वगैरह चेक किए जाएंगे वो जब चेक हो जाएंगे तो आपको जो है ईमेल भेज दिया जाएगा या आपको कॉल कर लिया जाएगा कि आप भाई जो जहाँ पर आपने जो है फॉर्म भेजे हैं वहाँ पे आज आपका टेस्ट है इंटरव्यू है इंशाल्लाह वो जब उसमें आप कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपके लिए जो है वीजे वगैरह का बंदोबस्त किया जाएगा आपको जस्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप इनशाला से जापान में अपनी स्टडी मुकमल कर पाएंगे और स्टार्ट कर पाएंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आप जो स्कॉलरशिप की जरूर अप्लाई करेंगे और ये भी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी अगर लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप लाइक करते हैं इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इसी तरह जो है कंटिन्यू आपके लिए है अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर पाता हूँ तो लाइक जरूर कीजिएगा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ग्रुप्स हैं जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब साथ जो है इस चैनल को शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा शुक्रिया